फैक्ट नंबर फाइव क्या आपको पता है कि जब प्लूटो सूरज के सबसे नजदीक होता है तब इसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा होता है और जब ये सूरज से बहुत दूर होता है तो इसका वायुमंडल जम जाता है और बर्फ की तरह गिरने लगता है फैक्ट नंबर फोर क्या आपको पता है कि काइपर बैत एक ऐसा रीजन है जो की हमारे सोलर सिस्टम ऐसी बाहर है यानी हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है और इसमें लाखों छोटे बड़े उल्का मौजूद है हमारे सौर में मौजूद आठवा ग्रह इसी का अंदर है फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों नेपट्टून सूरज के सबसे पास घूमने वाला आठवां ग्रह है लेकिन नेपट्टून की तुलना में प्लूटो सूरज के ज्यादा नजदीक जा सकता है क्योंकि प्लूटो का ऑर्बिट कुछ इस तरह है कि ये कभी सूरज के सबसे दूर चला जाता है और सूरज के सबसे करीब भी आ जाता है फैक्ट नंबर टू शेरॉन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है पर शेरॉन और प्लूटो के आकार लगभग समान है इसलिए वैज्ञानिक कभी कभी इन दोनों को डबल प्लेनेट के रूप में भी जानते है फैक्ट नंबर वन जब प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था तब ये सौर के सभी ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह था क्यूँकी प्लूटो आरोप टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है